मामूली से विवाद के चलते एक युवक ने उसके पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है यह घटना अंगौर गांव की है जहां मृतक जगदीश के भतीजे से आरोपी राजेश का पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस झगड़े में जगदीश ने अपने भतीजे का समर्थन किया था इसी बात की खुन्नस राजेश को थी और इसी खुन्नस की वजह से राजेश ने जगदीश के सिर पर डंडा मार दिया और उस डंडे से कई बार करते हुए उसे लहुलोहान कर दिया घायल अवस्था में जगदीश को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई पुलिस ने आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है ये अंगोर जो थाना गुलगंज अंतर्गत आता है वहाँ पे एक हत्या की सूचना आई थी इमीडिएट थाना प्रभारी और वहाँ संबंधित एस टी ओ पी स्पॉट पर पहुँचे तो जानकारी में आए कि जो जगदीश मिश्रा है लगभग सिक्सटी ईयर्स की एज है जिनका लाठियों से सिर पे वार करके हत्याकारी की गई थी गंभीर मैटर था और इसमें इमीडिएट हमारी जाँच चालू हुई जिसमें हमने आरोपी को भी पकड़ लिया है उसको